यो रे भाई मार के ना कर फालतू ओ मुसे आ तू ये अभी भी नहीं मार वो बाबू माथे भाई चला दे तो त सही गल तू पुराना फोन डाल ता बजे मार दो भी आने तो तू अपन पहले बॉडी कर तैयार रखो ने बदो सब काम कर ओए बदर खुद का लागी कर दोला को के ना आगे आगे लागी लागी लागनी कोई बदर ना करनी गलत काम नहीं गाय अजी गुरद्वारे को पहला बदला है तो पहला आदमी है गलत करी है